मेहर में नवनिर्वाचित सरपंच और उनके भाई के खिलाफ ज्ञापन सौंपकर एफआईआर करने की मांग की गई है उन पर आरोप है कि नवनिर्वाचित महिला सरपंच एस से आती हैं, लेकिन उन्होंने और उनके भाई ने पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए फर्जी ओबीसी प्रमाण पत्र बनवा कर चुनाव लड़ा है ग्राम पंचायत जरियारी में नव महिला सरपंच ललिता साकेत और उनके भाई के खिलाफ ओबीसी महासभा ने मेहर एस धर्मेंद्र मिश्रा को ज्ञापन सौंप एफआईआर दर्ज करने की मांग की है मामला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का है जहां पर जरियारी पंचायत नवनिर्वाचित महिला सरपंच ललिता साकेत एसटीएससी से आती हैं, जिस पर ओबीसी महासभा के जिला उपाध्यक्ष चंद्रप्रकाश छोटू पटेल ने आरोप लगाते हुए कहा कि ग्राम पंचायत जरियारी की नवनिर्वाचित महिला सरपंच ललिता साकेत और उनके भाइयों ने पंचायत चुनाव में सरपंच पद के लिए फर्जी ओबीसी का प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ा है और वह निर्वाचित सरपंच बन गई, जिससे पिछड़ा वर्ग की महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित रह गईं। उनका कहना है कि यदि आरक्षण के बावजूद भी अन्य वर्ग के लोग अतिक्रमण कर लेंगे तो हम पिछड़ा वर्ग के लोग कहां जाएंगे जी तरीके से रिकॉर्ड बनाकर और यहां के ग्राम पंचायत जनहरी के सरपंच पद पर आरम वर्ग के सरपंच नवनिर्वाचित ललिता यहाँ चुनाव लड़ी सरपंच है हम ये नहीं कहते अगर वो बौद्ध हैं और उनने अगर बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट औरिजिनल तो बनवाया है तो प्रशासन के पास न्यायालय में प्रकरण चल रहा है पर हम लोगों ने जो कागज़ निकलवाया है उस कागज के हिसाब से सत्यापित नहीं हो पा रहा उसमें जो है तो समिट करके और ये चुनाव लड़ी है यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उस समय उनने उस कागज को नहीं चेक किया और चेक करके आपत्ति कब तक संतुष्ट नहीं किए आपत्ति खारिज की गई जब तक चेक करना चाहिए ठीक करके उनने कोई भी फॉर्म का काम नहीं किया इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं कि ऐसे दोषी सी व्यक्ति जिन्होंने फर्जी काम किया है उनके ऊपर तत्काल कार्रवाई हो आय की मांग कर रहे हम माननीय मान महोदय अपने पत्र के माध्यम से थाना कोाएं जिनके ऊपर ये जो लोग फर्जी प्रस्तुत किए हैं इन लोगों के ऊपर चार सौ मुकदमा लगा करके और उनको अंदर करने का काम करें इसी संबंध में हम लोग यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं जो सरपंच पद उम्मीदवार तक खड़ी हुई हैं जिनके हम लोग सपोर्टर हैं वो भी महासर्क सभा के हम अध्यक्ष भी हैं हमारा बस यही कहना है कि अगर इनके द्वारा ऐसा फर्जी फर्जीकृत किया गया है तो इनके ऊपर 420 कम बीस लगाकर और उनको उनकी सजा दी जाए अपने ग्राम पंचायत जरियारी की बात कर रहे हैं कि हमारे जरियारी पंचायत में जो ललिता साकेत चुनाव लड़ी हैं उनके कागज स्पष्ट रूप से फर्जी हैं और उसको रिटर्निंग ऑफिसर मानवेंद्र सिंह जी को जांच करना चाहिए हमारे आरक्षण में कुठाराघात किया जा रहा है एक तो हमें 14 परसेंट आरक्षण मिल रहा है और उस 14 परसेंट में आकर के अगर साकेत भाई भी लड़ेंगे तो फिर तो वह 14 भी कोई मतलब का नहीं है हम तो उनके में नहीं लड़ने जाते ठीक अगर उनने बहुत धर्म अपनाया है तो उसकी सर्टिफिकेट चाहिए और जाति प्रमाण पत्र चाहिए आधार पर लड़ें उसके लिए हम उनके साथ में हैं और अगर फर्जी लड़ेंगे तो हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे